हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि क्रिप्टोकरेंसी में हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है और रिसेंटली मैं एनएफटी और मेटावर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं सो so, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि क्यों कोई इंडियन कंपनी एनएफटी में एक्सप्लोर नहीं कर रही है या इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं क्यों कोई एन या मेटावर्स को एक्सप्लोर नहीं कर रही है एक ट्वीट ने मेरा होश उठा दिए और ये देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कविन भारती मित्तल का ये ट्वीट है इन्होंने एन के बारे में ट्वीट किया कि ये इनका रश जो ऐप है रश जो पी टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं गेम्स खेलकर कर पी टू प्लेटफॉर्म पर अभी वो एन लेकर आ रही है ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इन्होंने ये ट्वीट थ्रेड पूरा एक पोस्ट किया है और एक वीडियो भी है वो मैं दिखाता हूँ आपको तो हम एक्सप्लोर करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है इसमें बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने इन्होंने मैंशन किया है को लेकर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ सो दिस रियली रियली मेक्स मी हैप्पी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज यार ये इंडिया का फर्स्ट गेमिंग एन का लॉन्च होने वाला है सो यू कैन इमेजिन हमने ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे देखा कि एक्सी और बाकी पी टू ई गेमिंग एन ने क्या धमाका मचाया सो आईम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट सो चलो ये पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ फिर मुझे एक्चुअली इसमें से क्या क्या समझ में आया मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सो so चले ये देखते हैं पहले वीडियो रश रश रश ला रहा है अवतार अवतार के साथ गेम्स होंगे और मजेदार जैसे बम्पर बैटल में किसी को उड़ाना या स्पीड लीडो में सभी को हराना आप अपने रश अवतार को अपनी पसंद से स्टाइल भी कर सकते हैं ये अवतार रश का पहला एन है एकदम फैंटेस्टिक पहले तो चलो जो लोग एन जिनको नहीं पता है मैं उनको शॉर्ट में एन बता देता हूँ एग्जैक्टली exactly क्या है एन NFT? देखो एन का लॉन्ग फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन एन समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि नॉन फंजिबल का मीनिंग क्या है तो देखो नॉन फनजीबल का मतलब होता है जो रिप्लेस नहीं हो सकता और यही चीज़ एन को यूनिक बनाती है एग्ज़ाम्पल के लिए देखो हम सबके पास पाँच का नोट है राइट तो पाँच की नोट फनजिबल हो गई जो सबके पास होती है और बहुत कॉमन है आपके पास जो 500 रुपए के नोट है वो मेरे पाँच सौ रुपये की नोट से रिप्लेस हो सकती है बिकॉज़ उनकी वैल्यू सेम है बट समझो मेरे पास अगर अमिताभ बच्चन ने साइन की हुई नोट है या फिर लता मंगेशकर जी ने साइन की हुई नोट है तो वो यूनिक हो जाती है उसकी वैल्यू अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो ज़्यादा उसकी मुझे वैल्यू मिल सकती है तो इस प्रकार कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉन पंजिबल होती है यूनिक होती है जो रिप्लेस नहीं हो सकती स्टैंडर्ड वैल्यू से और यही नॉन फनजिबल चीज़ एन को यूनिक बनाती है तो नॉन फनजिबल मतलब क्या हो गया नॉन रिप्लेसेबल। अब हम देखते हैं टोकन क्या है देखो आप सब क्रिप्टो के बारे में तो जानते हो कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनता है और टोकन जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होते हैं और ब्लॉक चेन बनी हुई चीज़ कोई एक आदमी या कोई आथर, एक अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो अगर आपके पास कोई यूनिक टोकन है तो आप उस टोकन के ओनर होते हो वैसे ही एन मतलब नॉन फंजिबल टोकनस है तो ये यूनिक टोकन है जो ब्लॉक पे पर जनरेट होता है अब आप पूछोगे एन का मुझे क्या फ़ायदा देखो एन जो बनती है वो डिजिटल चीज़ों की बनती है और एक बार ये ब्लॉक पे बन जाए तो यूनिक होती है वो और उसके मालिक आप बन सकते हो तो अगर कोई एन एफ टोकन आप होल्ड करते हो और जितना वो यूनिक होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी को दूसरे से यूनिक बनाती है है। और और और और वही उस उसको ज़्यादा ज़्यादा बना सकती अवतार आने वाले के साथ मज़ा होगा और खर्चे होंगे कम फॉलो करें हमें ट्विटर या टेलीग्राम पे और बहुत सी चीजें इस थ्रेड में इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे लिखा है की एयर ड्रॉप होने वाला है एन का और रश ऐप पे एक्टिवली खेलने वाले यूजर्स को तो एनएफटी फ्री में मिलने वाले सो दैट्स रियली कूल। गेम्स भी खेलो पैसा भी कमाओ फ्री में एन भी लो और क्या चाहिए और ये एक लॉन्च एडिशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि इसमें शायद अलग अलग लेवल्स और अलग अलग एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आपकी एन की वैल्यू भी बढ़ सकती है ऐसा कुछ है यहाँ पर तो इसके बारे में डिटेल्स तो हमें पता चले गई सो तो आई थिंक ये कुछ एक्साइटिंग है और आगे जाकर इसमें ब्लॉक तो है ब्लॉक चेन मैंने आपको बताया है तो ब्लॉकचेन ब्लॉक बेस्ट है तो ब्लॉकचेन चैन बेस्ट होने की वजह से इसके ओनर एन के आप ही होते हो और ये पूरी आपकी कस्टडी में होती है और सबसे एक्साइटिंग मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगी कि ये पी एफ तो लेके आ रहे हैं लेकिन थर्ड फेज में शायद ये एन को यूटिलिटी बना दे और एन और यूटिलिटीज़ तो बहुत सही कॉम्बिनेशन है तो ये जानने के लिए मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ कि क्या ये यूटिलिटीज़ है या और कुछ है तो वो एक काफ़ी एक्साइटिंग है और थ्री डी एन वर्जन नाइन मंथ से ये काम कर रहे हैं इन्होंने यहाँ पर लिखा है और ये हाइक हाइक के ऑलरेडी इनके पास टीम है सो दैट इज़ ग्रेट कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे है एन को लेकर कोई इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहा है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और पॉजिटिवली मैं इसको देख रहा हूं, सो इट्स गुड ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इंडियन कंपनीज भी इसमें अभी आगे आ रही है सो so हमारे लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ईजी है और रश तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म जो पी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग ऑलरेडी गेम्स खेल पैसा बना रहे हैं सो दैट इज़ ऑल्सो देयर तो काफ़ी पॉजिटिव प्रोजेक्ट लग रहा है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सी यू